जब गजब इतिहास के पांच सबसे बड़े रहस्य जो आज भी है आधुनिक सभ्यता ने अपने ज्ञान के दम पर इतिहास के कई राजों से पर्दा उठाया है गहन शोध और अनुसंधान के बल पर हमारे पुरातत्वविदों ने हजारों सालों के इतिहास को आज हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे रहस्य भी मौजूद है जो आज भी इतिहास के तहखानों में दफन है इतिहासकारों और पुरातत्वविदो की लाख कोशिशों के बाद भी हम इन रहस्यो ऐसी पर्दा नहीं उठा पाए हैं इस कड़ी में आज हम इतिहास के उन पांच बड़े रहस्यों के बारे में जानेंगे जो आज भी अनुसुझे हैं। यरूशलम के आग ऑफ कोविने का रहस्य यरूशलम तीन धर्मों का पवित्र स्थल है कहा जाता है कि ईसाई इस्लाम और यहूदी धर्म की शुरुआत यहीं से हुई थी 587 आठ सात पहले यहूदियों के इस पवित्र शहर पर बेबी लोन ने हमला किया हमले में पूरा यरूशलम शहर तबाह हो गया था इसके अलावा उनके कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया कहा जाता है कि इस दौरान उनके एक पवित्र मंदिर में आर्क ऑफ कोविनेंट रखा था उसका क्या हुआ इसके विषय में आज भी किसी को कुछ नहीं पता मान्यता है कि आर्क ऑफ कोविनेट में 10 धर्मों के आदेशों की किताबें थीं। कुछ लोगों का कहना है कि बेबीलोनियन सेना के आक्रमण होने से पहले ही इसे कहीं गुप्त जगह आरोप छिपा दिया गया था गार्डन प्राचीन लेखकों की कुछ किताबों की माने तो बेबिलोन सभ्यता में हेंगिंग गार्डन हुआ करते थे उस वक्त हैंगिंग गार्डन को दुनिया का अजूबा कहा जाता था वही इराक के कई जगहों पर जहां कभी बेबीलोन की सभ्यता फली फूली थी वहां पर हुई कई पुरातत्व खुदाई में हैंगिंग गार्डन का कोई सबूत अब तक नहीं मिल पाया है ऐसे में ये आज भी एक रहस्य का विषय है कि क्या कभी बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन हुआ करते थे या नहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को किसने मरवाया यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि अमेरिकी इतिहास के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी को किसने मरवाया था कैनेडी की गिनती अमेरिका के काफी लोकप्रिय राष्ट्रपति में की जाती है इन्हीं के शासनकाल में नील नीलामस्ट्रॉन वह पहले शख्स बने थे जिन्होंने सर्वप्रथम चांद पर कदम रखा था आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाईस नवम्बर उन्नीस को ही हार्वे ओसवाल ने जॉनेफ कैनेडी को गोली मार दी थी जिसके चलते उनकी मौत हुई वही कई लोगों का कहना है कि किसी और ने कैनेडी को ओसवाल के जरिए मरवाया था कई इतिहासकारों का मानना है कि कैनेडी की हत्या करना कोई मामूली बात नहीं थी इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश थी ईसा मसीह से जुड़े रहस्य ईसा मसीह को लेकर जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह है कि वह कैसे दिखते थे उनका स्वरूप कैसा था इसको लेकर विभिन्न प्रकार की मान्यताएं और धारणाएं हैं। कई इतिहासकार ईसा मसीह के स्वरूप को लेकर एकमत नहीं हैं। हाल ही में कुछ समय पहले ही पुरातत्वविदों द्वारा ईसा मसीह के घर को ढूंढा गया है ईसा मसीह नाजायक में बड़े हुए थे इसको लेकर भी कई इतिहासकार सवाल उठाते हैं कि क्या सच में यही पर ईसा मसीह की परवरिश हुई थी या कहीं और ऐसे में ईसा मसीह से जुड़े कई सारे रहस्य आज भी इतिहास की बंद पोटली में दफन हैं।